मीरा ने रचा इतिहास जी हाँ मीरा 2021 में सिल्वर है क्या आप जानते हैं कि इनका जन्म 8 अगस्त उन्नीस को मणिपुर में हुआ था किसी को क्या पता था कि ये लड़की एक छोटे से गाँव से निकल भारत का नाम ऊंचा करेगी इन्होंने सिल्वर पूरे विश्व में भारत के नाम का डंका बजा दिया है। क्या आप जानते हैं कि 12 वर्ष की उम्र से ही लकड़ियों के बड़े-बड़े गट्टे उठाकर घर पर ही वेट करना शुरू कर दिया था क्या आप जानते हैं कि इन्हें 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री का अवॉर्ड भी मिल चुका है क्या आप जानते हैं कि इन्हें 2018 में राजीव गांधी खेल रथ अवार्ड भी मिल चुका है इनको इस उपलब्धि के लिए सारे भारतवासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं